गाय सीन ये हुआ है कि मैं खाने लेने के लिए हाईवे से जाऊँ या फिर कच्ची सड़क से तो फाइनली गाइस हम लोग ना कच्ची सड़क से जा रहे हैं और सीन ये है कि मेरी साइकिल बहुत ही गंदी हो चुकी है और गैस को भी आज ही खत्म होना था यार चलो कोई नहीं चलते बस अंधेरा बहुत डर बहुत लग रहा है फाइनली हम लोग आदि रास्ते पहुँच गए जहाँ पर हाई जाता है और बाजू में होंडा का शोरूम में सोचो टाइक बाइक बहुत अबीर रहे चलो फिर चलते ये मेरे साइकिल के गियर में भी कीचड़ लग चुका है वहां भी गियर ठीक से काम नहीं कर रहे साइकिल के बहुत याद आ रही है फाइनली गाय हम लोग पहुंच गए ऑर्डर सामने ही इस वक्त तो साइकिल से जाना पड़ इस वक्त तो साइकिल जाना पड़ा है लेकिन एक दिन ऐसा आना है ना इसी जो रोड पे ना रेंज रोड की ऑटोग्राग्राफी लेके निकलना है मैंने